गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा श्री महाकाल लोक शिव का अद्भुत अकल्पनीय और अलौकिक संसार है उन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंग का वर्णन संस्कृत श्लोक के साथ किया श्री महाकाल लोक संस्कृत और विकास का संगम द्वार है मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने द्वादश ज्योतिर्लिंग का वर्णन संस्कृत श्लोक के साथ किया डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि श्री महाकाल लोक संस्कृत और विकास का संगम द्वार है समूचे शिव परिवार की पूजे उपस्थिति और अद्भुत शिल्प महाकाल लोग को अकल्पनीय और अलौकिक बनाता है महाकाल लोक शिव का अद्भुत अकल्पनीय और अलौकिक संसार है दिव्यता भव्यता और आध्यात्मिकता के इस संगम के क्षण का साक्षी होगा पूरा देश हमारे महाकाल के बारे में बहुत कहावतें हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का बारह ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल माने गए हमारे यहाँ बारह ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी चारों पीठ की तरह ही होते चारों धाम जैसे लोग जाते हैं ज्योतिर्लिंग और प्रातः स्मरणी बताए गए सौराष्ट्र सोमनाथम थ्री शैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैन या महांकाल ओमकार ममलेश्वरम परुलद्यनाथम चाकनया भीम शंकर सेतु से तु तु रामेश, नागे तु गौतमी तो बंधे तो राश नागेशर्लिंगातः पठे नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरित विनश्यति ये बारह ज्योतिर्लिंग है जिसमें से प्रमुख हमारे बाबा महाकाल है जो काल के कपाल पर है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 संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शंकरो तीसरा शंकर यानी जो कल्याण करे वही शंकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को साय छह बजे लोकार्पण करेंगे श्री महाकाल लोक का महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिसर का विस्तार शिव के साथ किया गया है एक अद्भुत रचना है जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है ये भारत के सांस्कृतिक पुनः का युग है पहले केदारनाथ फिर काशी विश्वनाथ जब महाकाल बाबा आइए इस अद्भुत आध्यात्मिक उत्सव के हम साक्षी बने जय भागा